हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ शाइनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गृत कुमारी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है सो इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गृत कुमारी अपने न्यूट्रिएंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कई समस्या को दूर करता है और हमारे जो बालों की हेल्थ है उसे भी इम्प्रूव करता है इंसान की सुंदरता अपने बालों पे भी डिपेंड करता है और सुंदरता को और इन्हेंस करने के लिए बालों का हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इंसान का बाल लंबे घने और बहुत हेल्दी होता है तो पूरा चार चांद लगा देता है उस इंसान के लुक में और लुक बहुत अच्छा लगता है लेकिन लंबे काले घने और सिल्की सॉफ्ट बाल पाने के लिए हम हमें ये ध्यान देना है कि हमारे बाल मजबूत और हेल्दी हैं। अगर आपके बाल हेल्दी या फिर मज़बूत नहीं हैं तो वो लंबे या घने नहीं हो सकते बालों का जो झरना है उन्हें कम करने के लिए ग्रित कुमारी का इस्तेमाल किया जाता है इनफैक्ट उन्हें लंबे करने में उन्हें सॉफ्ट एंड सिल्की बनाने भी बनाने के लिए भी गृत कुमारी का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपका डाइट उल्टा पुल्टा होता है अगर गलत खाना पीना होता है तो आपके बालों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है उससे बाल लंबे भी नहीं होंगे और उससे अनहेल्दी हो जाते हैं ऊपर से गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से भी बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है जो कि आजकल हर किसी फेस करते हैं हर किसी का यही प्रॉब्लम है गृत कुमारे ऐसे ही प्रॉब्लम्स में मदद करता है बाज़ार में मौजूद जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेयर है प्रोडक्ट्स उनकी तरह ग्रित कुमारी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो बालों की एक उनके और भी सारे फायदे राहत देता है ग्रित कुमारी कई रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि ग्रीत कुमारी डेंड्रव की प्रॉब्लम को मिटाने में हेल्प करता है गृत कुमारी में विटामिन ए सी और विटामिन ई e कई मात्राओं में पाए जाते हैं इसमें मौजूद फॉलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व बालों का गिरना कम करता है और बालों को हेल्दी बनाता है और काफ़ी सॉफ्ट भी बनाता है और जल्दी लंबे भी करता है ग्रत कुमारी ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है जब आप स्कैल्प पर गृत कुमारी को लगाते हैं तो उस सीरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है जिससे घने और लंबे बाल होते हैं और बाल काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं गृह कुमारी गंजापन को दूर करने के साथ साथ नए बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है और जिससे कि गंजापन तो दूर होता ही है और बाल काफ़ी घने हो जाते हैं मॉडवेलनेस का गृत कुमारी शैम्पू इन सारे गुणों से भरपूर है जो आपके बालों को सिर्फ सिल्की और सॉफ्ट ही नहीं पर बालों को हेल्दी बनाता है लंबे और घने बनाता है तो आप सोच रहे हैं कि इसे आप किस तरह से परचेज करें किस तरह से इस्तेमाल करें सिंपली आपको अपने बालों पर इस शैम्पू को अप्लाई करना है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है ईजी तरीके से ये लैदरअप हो जाता है और आपके स्कैल को क्लीन भी करता है बहुत ईजीली आप इसे हफ्ते में दो तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कीजिए स्कैल पर अप्लाई कीजिए और अपने टिप्स पर भी अप्लाई कीजिए और फिर पानी से वॉश कर लीजिए आप देखेंगे कि इस शैम्पू को इस्तेमाल करने से ही आपके बाल इतने सॉफ्ट होते हैं और इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से बाल घने और लंबे भी हो जाते है तो मुझे तो काफी अच्छा लगा मॉडवेलनेस का ये जो शैम्पू है ग्रित कुमारी शैम्पू इसमें भरपूर मात्रा में ग्रित कुमारी होने की वजह से इसके जो भी गुण है जो भी विटामिन मिनरल्स है सब आपको मिलेगा आपके हेयर को मिलेगा हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें आज का वीडियो यहाँ तक ही था वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करे, करे, करें शेयर करें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बाय